मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कन्या राशि फल के जून माह के इस राशिफल में कन्या राशि के जातकों के साथ जून माह में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस माह को प्रभावी कैसे बनाएं क्या जो है दिव्य प्रयोग आप लोग करें कि ये माह पूरा प्रभावी जाए दर्शक आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत जो राशिफल है ये चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है तो आप लोग अपनी नाम राशि के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं आगे बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ अमृतसर हिमाचल देहरादून और बनारस में हम जून माह में आ रहे हैं इच्छुक दर्शक आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तो चलिए दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं कन्या राशि के जात आप लोग इस बार दृष्टि डाल लीजिए तो तीन तारीख तीन सोमवार दिन रहेगा तीन जून को शनि जयंती रहेगी वट सावित्री व्रत भी इस दिन रहेगा बारह जून बुधवार दिन गंगा दशहरा तेरह जून बृहस्पतिवार बृहस्पति और क्या होती है? तो एक से दूसरे राशि में जब प्रवेश करते हैं तो इसी को संक्रांति बोला जाता है अभी वृषभ में है तो वृषभ संक्रांति मिथुन में आएंगे तो मिथुन संक्रांति होगी सोलह जून रविवार दिन रहेगा वट पूर्णिमा व्रत रहेगा सत्रह तारीख सोमवार दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और उन्तीस 29 तारीख, जून शनिवार दिन योगनी एकादशी सबसे प्रिय भगवान विष्णु को योगनी एकादशी है तो ये तो थे इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब ग्रहों के गोचर की स्थिति देख लेते हैं तो शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध मंगल राहु सूर्य ये ए, मिथुन राशि में इस माह रहेंगे हालांकि सूर्यदेव जो है वृषभ में रहेंगे फिर ये पंद्रह तारीख से देखिए मिथुन में पहुंचेंगे शुक्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति ये आठ नंबर अर्थात वृश्चिक सेनापति मंगल के घर में ये संचरण कर रहे हैं इसी आधार पर उस चंद्रमा को मानक मान करके ये राशिफल बनाया गया है एक बात बताना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों इस माह देखिए आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग जो है बन रहा है बहुत अच्छा संयोग है तो अंत तक ये वीडियो पूरा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुनिए इसको जो भी चीज़ें बताएंगे विशेष आप लोगों को ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी तो देखिए इस माह कन्या राशि के जातकों के साथ परिवार में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलती हुई नज़र आएगी और नई जिम्मेदारियों को आप लोग उठाते हुए नज़र आएंगे सरकारी कामकाज बिना किसी रुकावटों के सम्पन्न होंगे जी हाँ बिना किसी रुकावटों के चूंकि टेंथ हाउस जो होते हैं ये राज्य पक्ष का होता है सरकार पक्ष का होता है यहाँ पर भद्र महापुरुष नामक योग बनना राहु उच्च के हो गए बुद्ध अपनी राशि में आ गए हैं तो यहाँ पर आपके लग्नेश भी देखिए यहाँ पर बुद्ध बनते हैं बहुत अच्छा ये संयोग है तो यदि कोई भी सरकारी कार्य आपके रुके हुए हैं यदि अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो आपको मिलती हुई नजर आएगी जो भी छात्र बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं बहुत हद तक की उम्मीद है कि वो लोग अपना आई वगैरह क्रैक करेंगे और बैंक में ज्वाइनिंग करेंगे नौकरी करेंगे जाकर के बुद्ध इनको ले जाएगा क्योंकि बुद्ध जो होता है ये बैंकिंग सेक्टर पर भी बुद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है लेकिन सरकारी कार्यकाज में आप जो है हर चीज़ में सफलता तो आप लोगों को मिलेगी लेकिन आपको यहाँ पर कुछ सावधानी रखनी रहेगी क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक दोष दूसरा सूर्य और राहु का ग्रह दोष ये भी बन रहा है तो विशेष तौर पर हो सकता है कि उच्च अधिकारियों का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो न मिले हालाँकि उन जो है साथ न मिलते हुए भी आप उस कार्यों को कर ले जाएंगे व्यापार व्यवसाय में इच्छानुसार आपको लाभ होगा आपकी मेहनत और भाग्य का सहयोग हर तरीके से आपको उत्तम मिलने वाला है दाम्पत्य जीवन में शांति मधुरता रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंध आपके आत्मसंतोषजनक आप रहेंगे आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी कामकाज के सिलसिले में आपके द्वारा लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है इस एक बात और बताना चाहेंगे कि, कि किसी महिला मित्र को आपको जो है यहाँ पर साथ मिलता हुआ दिख रहा है छोटे भाई बहन का आपको यहाँ पर साथ मिलेगा दूसरी जुपीटर जो है जुपीटर की अब देखिए यहाँ से पंचम दृष्टि तो व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ दिलाएगी दूसरा आपको पत्नी सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा तीसरा कोई नया व्यापार या कोई नया व्यवसाय आप शुरू करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं जुपिटर अपनी नवम दृष्टि से आपके आय के घर को देख रहा है तो इनकम आपकी अच्छी होने वाली है लेकिन चूंकि वक्री है तो आप लोगों को किसी को उधार नहीं देना है आपको महिलाओं के साथ जो है अच्छा एक सम्मानित जो बातचीत होती है रवैया होता है वह आपको अपनाना पड़ेगा अब का इस्तेमाल किसी के लिए आपको नहीं जो है करना चाहिए इस महीने व्यापार और के संबंध में की गई यात्राएं कन्या राशि के जातकों को बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम रहेगी पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा जीवन साथी और संतान की तरफ से आपका मन प्रसन्न रहेगा दाम्पत्य जीवन का उत्तम सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी उसमें विश्वास होगा एक बात और बता दें आपको इसमें भाग्य काफी साथ मिलेगा देखिए शुक्र देव यहाँ पर भाग्य शुक्र बनते हो स्व राशि आ गए हैं तो भाग्य से रिलेटेड आपको सारे यहाँ पर जो है क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे आप तीर्थ यात्राओं पर यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं तो क्योंकि जो नव स्थान होता है तीर्थ यात्राओं का होता है दूसरा यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो कोई विवाह का प्रस्ताव भी मिलता हुआ दिख रहा है क्रियात्मक कार्यों में मान सम्मान का सुख हासिल होगा और यह महीना धार्मिक कार्यों के लिए आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा बहुत ही दयालु रहेंगे बहुत ही काइंड नेचर के रहेंगे हमेशा आप दूसरों के यहाँ पर भलाई करते हुए दिखेंगे आप किसी भी काम को पूर्ण उत्साह के साथ करेंगे इस माह व्यापार में भी तरक्की होगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी आपको वृद्धि होती हुई दिख रही है आपको हो सकता है कि आपके उच्चाधिकारी कोई एक्स्ट्रा आपको जो है ए, क्या कहते हैं इनाम देते हुए नजर आए सैलरी में इंक्रीमेंट आपको लग सकता है वहीं पर इस माह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जो चूँकि फोर्थ स्थान यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो हो सकता है आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो आप लोग कोई नया गैजेट वगैरह एयर कंडीशन हो गया कूलर हो गया या टेलीविजन कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ये सब आप लोग क्रय करते हुए नजर आएँगे किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने से पहले बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर जांच परख करने के सितारे सलाह दे रहे हैं सहकर्मियों का अच्छा साथ रहेगा जो भी जो है हमारी जो क्या कहते हैं महिला जो है वर्ग वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि यदि आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो अपने बच्चे का इस माह आपको विशेष ध्यान रखने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे और सतर्क आपको रहना पड़ेगा आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा सलाह रहे जो है यहाँ पर दे रहे हैं इस महीने ऐसो आराम की वस्तुओं का आप बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाएंगे और उन पर खर्च करते हुए नज़र आएँगे चूँकि सूर्य बुद्ध का आदित्य योग बन रहा है तो अपनी बुद्धिमिता के कारण आप सरकार पक्ष से अपने मन कार्य कराते हुए नजर आएंगे और इस माह आपको आत्मिक ज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा आपके मित्र आ, मित्रों का दायरा मित्र मंडली का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है उनकी सहायता से आप जीवन में जल्द ही कामयाब होते हुए नज़र आएंगे बड़ों के आशीर्वाद का इसम आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये ठीक रहेगा लेकिन कुछ भाई बहनों के साथ देखिए आपका विवाद भी हो सकता है चूँकि जुपीटर यहाँ पर वक्री हो गए हैं तो यहाँ पर गुरु जो रहेंगे ये भाई बहनों के साथ विवाद कराते हुए नज़र आ रहे हैं दूसरा बताना चाहेंगे कि कुटंब में या पड़ोस में चूंकि राहू की पंचम दृष्टि यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस में पड़ रही है तो कुटुंब में अथवा आस पड़ोस में भी कुछ छोटी मोटी बातचीत हो सकती है वाड़ी पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं पर स्वास्थ्य आपका कुछ इस माह अंत तक की डाउन होता हुआ नजर आएगा तो अपने स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना रहेगा घर परिवार के सदस्यों में खास करके माता को पैर से कमर के निचले भाग में कुछ दिक्कत होती हुई दिख रही है तो ये तो था देखिए कन्या राशि के जातकों का जून माह कैसा जाएगा अब हम चलते हैं उपाय की ओर उपाय में सबसे पहला उपाय है कि आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखना होगा दूसरा मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा और एकादशी के दिन विष्णु सहस नाम का पाठ करिए निर्जला एकादशी प्लस योगिनी एकादशी हमने आपको डेट बता दी है तो इसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा और एकादशी के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग चावल का और नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा सूर्य देव को नित्य गायत्री मंत्र से अर्घ देना रहेगा घर के बाहर पक्षियों व जानवरों के लिए समुचित जल की व्यवस्था करिए इससे आपका भाग्य बहुत ज़्यादा निखरेगा और इसी विशेष कार्य पर जाने से पहले दूरबा ले लीजिएगा छोटी सी तोड़ के अपने पॉकेट में रखिएगा फिर कार्यक्षेत्र पर निकलिएगा तो ये तो था देखिए उपाय कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ अपनी यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और चंडीगढ़ अमृतसर हिमाचल देहरादून बनारस जून माह में हम जो है उपलब्ध रहेंगे तो आप लोग जो है अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तो दीजिए दर्शकों इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार